तो हमने ये चार ट्रेल का सेट मंगाया था छः सौ में जो कि दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें जो लिखा हुआ है ये हमने मंगाया था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉन भंडारी टूल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा ये कौन सा टूल दिया हुआ है नाइन ब्लू टूल का दे रखा है सारे में ऐसे ही है सारी ही लोकल कंपनी है कोई भी औरजिनल नहीं है और ये भी नाइन जैक्स है और तो यहाँ पे जॉन भंडारी का दे रखा है छः सौ रुपये में ये चारों टूल थे चारों जो टूल थे छः सौ में था फ्लैट फ्लैट वो ड्रिल बीट था दीवार पे करने वाला दीवार वाला टूल और ये लकड़ी में चार एमएम से दस एमएम तक लकड़ी पे करने के लिए और इससे बड़ा करने के लिए ये सोलह से ले कर से ले कर तक ये वाले टूल दे रखे थे और ये लोहे पर करने के लिए और हमने इसको आपको इस पर दिखा देता हूँ ये प्राइज इसका छः सौ रुपये में सारा ड्रिल कर रहे थे तो ये मुड़ चुका था ये जो है ये ड्रिल करते वक्त ये मुड़ गया था और ये इसको हम ड्रिल कर रहे थे तो ये सारा जो है इससे हो नहीं रहा था इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बेकार है इसका शार्प बिल्कुल भी जो पॉइंट है बिल्कुल भी शार्प नहीं है यादे में जाके धुआँ छोड़ रहे हैं तो हमने बहुत सारा ट्राई किया इस पर तो ये छोटा वाला इससे तो हो रहा है और ये जितना ये बड़ा है उससे नहीं हो रहा और ये जो है ये टेढ़ा ही हो गया पूरा और ये जो है ये टेपर ही हो गया इसमें जो है ये सार्फ़ भी नहीं है इसका जो पॉइंट है बिल्कुल भी सार्फ नहीं है इसका अगर ये दोनों साइड से साफ़ रहता है तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदा दिखने में भी बहुत ज़्यादा पतला है यह ऐसा लग रहा है का थोड़ा सा ही है अगर ज़्यादा लोड नहीं शायद हाथ से भी मुड़ जाइए इस तरीके से इसकी भी क्वालिटी बेकार है आपके आगे भी एक दो ड्रिल एक दो ड्रिल करके दिखाऊंगा किस तरीके से कितना दम लगाना पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा वीक है कि अगर हमने इसको दीवार पे किया क्या आप पता यहाँ से टूट जाए बाद में वो कहेंगे ये टूटा हुआ हम वापस नहीं लेना तो इसको हम डर रहे हैं पर फिर भी एक कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए कि क्या ऐसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा एक जो बॉक्स है ये डेढ़ सौ का पड़ा है एक बॉक्स देखा जाए तो छः सौ के हिसाब से पर ये सौ रुपये के लायक भी नहीं है जो आपको मैंने शुरू में बताया जॉन भंडारी के नाम से जो था वो वो एक डब्बा दो सौ या एक सौ डिलीवरी चार्ज लगा के 200-220 पर हो सकता है वो कंपनी का था इसलिए वो दिखा कुछ और रहे हैं और दे रहे हैं नकली कंपनी अगर ये ओरिजिनल रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है इसकी जो इसका शार्पनेस है कुछ भी नहीं है शार्पनेस यहाँ से भी कुछ भी नहीं है एक पॉइंट है बस इसमें तो बिल्कुल ही शार्पनेस नहीं है ये तो फ़्लैट है यहाँ से अगर ये शार्पनेस रहता तो कुछ रहता है बहुत ज़्यादा भी फ्लैट है बस एक ये पैनस है यहाँ भी ये शार्पनेस नहीं है इस तरीके से मोड़ा रहना चाहिए ताकि ये होट में जाके इसको फाड़ सके बट ये ड्रील कर ही नहीं पा रहा ये आपको दिखाना चाहूँगा नहीं देखिए आप कहेंगे किसी और का बीटन नहीं ये सीखा है पर ये इसमें धुआं छोड़ देता है और ज़्यादा धुआं छोड़ने का मतलब है ये हीट हो जाएगा उसके बाद ये जो यहाँ पे मुड़ा है उस तरीके से ये मुड़ जाएगा ये बड़ी मेहनत से ये ज़्यादा खोल किया था ये जिससे धुआं छोड़ा एक खोल करा और ये टेढ़ा हो गया बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है तो इसको हमने खोला नहीं है अगर ये लकड़ में ये इतना गंदा हाल ये लोहे का है अगर आप लें तो कंपनी वाला लें जो लोहे का आता है एक एम से लेके डेढ़ एम एम दो एम एम ढाई इस तरीके से ये साढ़े छः तक का है और इस वाले में वही चार पाँच छः आठ दस ये दस एम एम है में मैं। ये भी चार पाँच छः आठ दस है मैंने सोचा एक बार में ही सारा आ जाएगा तो अच्छा है पर नहीं आया बेकार प्रोडक्ट है इसको मैं रिटर्न करूँगा इसको लिए मैं आपके लिए एक ड्रिल करके भी दिखा देता हूँ तो फ़िलहाल अभी हमारे पास ये मशीन है जिसको हमने ये सैड कर रखा है इससे करेंगे करें ये धुआँ देने लगा और आपको जैसे दिख रहा होगा ये टेढ़ा हो चुका है थोड़ा सा ये टेढ़ा हो चुका है और आपको दिखाते हैं पहले इसको सेट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ये वाला बीट था बीसए का ये इसमें जा रहा है ये इसमें जा रहा है अब हमने दूसरा लगाया है अठारह का अब इसको करके देखते हैं इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है और ये तो फिर भी ठीक था पर यह देखो टेढ़ा हो चुका है ये तो फिर भी ठीक था पर यह तो काला ही हो गया और ये ज़्यादा गर्म होगा तो मतलब लोहा गर्म होके पिघल के मुड़ जाएगा ये थोड़ा सा गर्म में मुड़ जाएगा ये बस घूम रहा है ये छेद नहीं कर पा तो तो तो रहा है दिख रहा होगा तो इस पर ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसे वापस करना है तो बेकार है ये ये है दस एम का और ये बता दो ये जो मशीन है ये 900 सौ का पावर है तब जाके ये हाल है और नॉर्मल मशीन से तो भूल लो जोर लगाने के बाद तब जाके हुआ यहाँ टाइम क्या नहीं देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये छेद कर रहे हैं उसी तरीके से ये सारा अगर सही सही से, से छेद करे तो बहुत अच्छा है जिस तरीके से ये वाली बीट कर रही है तो अब एक बीट के लिए हम पूरा सेट तो रख नहीं सकते इसीलिए मैं इसे वापस करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक दो ही मैं नहीं कह रहा ये सारा ख़राब है सारा खराब नहीं है जैसे ये मुड़ गया ये कर नहीं पा रहा है ये थोड़ा सा बहुत दम लगा के करना पड़ रहा है ये वाला ठीक है कोई सही है कोई ख़राब है अब जैसे इसमें इसमें बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा इसमें तो और इसमें तो बिल्कुल नहीं हो रहा इसमें थोड़ा सा हो भी रहा है और इस ये सही कर रहा है और ये दोनों छोटे हैं तो ये भी मुझे लगता है कर देगा छोटा है क्योंकि पर बड़े वाले तो बिल्कुल ही बेकार हैं ये बिल्कुल आसानी से कर रहा है तो आप समझ गए तो अब मैं आपको जो दीवार वाला होता है जो ईट में होता है उसका यूज़ करके देखता हूँ बस टूटे नहीं बाकी सब ठीक है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आठ एम से ये आठ एम एम एम अगर वीडियो आपको एक परसेंट भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है साउंड अच्छे के लिए हमने सारे पंखे वंखे सब बंद कर रखे हैं अब इसको करेंगे हम ईट में तो लकड़ वाले से तो ठीक है अब इसको हम जो सेट करेंगे चलो ड्रिल से नहीं हुआ दीवार में तो हैमर की जरूरत पड़ती है तो इसको हमने सेट कर दिया हैमर पे अब देखते हैं ये हैमर से कैसा टेस्टिंग है। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हैमर।, हैमर से तो टूट गया यही थी पर बीट बच गया है अगर इस चीज को हम दीवार पे करें तो दीवार तो गया ये मशीन इतनी पावर की है ये झेल नहीं पाएगा वार पर यूज़ करना पड़ेगा वैसे अच्छा था लक्कड़ वाले से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है इस वाली चीज़ से ये दिखने में नकली लगता है पर तो यह ठीक था अगर ये एक दो भी कामयाब निकल गए जैसे कि ये वाला तो हो सकता है मैं वापस ना करूं पर ये वाला बहुत बेकार है इसकी जगह पर एक गोल वाला आता है बोल लीजिएगा वो बेहतर है ये ठीक था जो सही है वो सही ही बोलेंगे मैं आपको दीवार पे करके ही दिखा देता हूँ ऐसे पता नहीं चल रहा मुझे भी नहीं पता चल रहा ना आपको पता चलेगा हैमर के द्वारा दीवार पे करके पहले मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ ये हम दीवार पे आ गए हैं पहले पास्क पे ऐसे तो बहुत ताकत लग रही है और ये जो बिट गया बस इतना सही गया है अब मैं ये हैमर पे करता हूँ ठीक है हेमर पे सेट अब देखते हैं आप इस वाले में कितना टाइम पूरा गया और बीट ठीक है अभी एक और ये देखा जाए लक्कड़ से ठीक है ठीक है तो जैसा कि आपको मैंने इस सब, इसके बारे में भी इस वाले बिट के बारे में भी और इसके बारे में भी बता दिया बस ये बिट ठीक है देखा जाए तो ये बिट सबसे घटिया है ये बिट ठीक है ये बिट एक दो बिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये बिट बिल्कुल काम नहीं कर रहा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी अच्छा काम करेंगे क्योंकि छोटे हैं तो छोटा आराम से हो जाएगा इसको हमने खोला ही नहीं है सील पैक है ये पूरा पिन्नी में तो हमें इसके औकात पता है जब यह लक्कड़ में ये हाल है ये ये भी लक्कड़ का इसका भी ये हाल है ये ठीक है उसका ओरिजिनल नहीं है ठीक है इसका हमें पता है लोहे में क्या होगा ये तो विट टूटेगा या इसका आगे का पॉइंट ख़राब होगा और ये हमने जो लिया था ये फ्लिपकार्ट से लिया था छः सौ रुपये में तो ना फ्लिपकार्ट से ले ना अमेजोन से खासकर ये दिखाएंगे जॉन भंडारी का और देंगे नाइन जैक का तो ये बहुत गलत है तो आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा अगर आपको दस भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करिएगा और कुछ वीडियो में कैसे बनाना है कैसे क्या करना है वो भी बता सकते हैं आप सब को ज़्यादा नॉलेज होगा अभी हमने शुरू किया है तो आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं बस बाकी ये जो ये भी हमने ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही लिया था आई बेल का है ये 900 सौ वॉट का इसमें सारे फंक्शनस हैं तो ये भी बहुत अच्छा है इसका भी हमने वीडियो बना रखा है आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं बस थैंक यू अगर आप अभी तक टिके हुए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत लंबी वीडियो हो गई इसलिए मैं आप इसका नहीं दिखाऊँगा इसका कभी और दिखाऊँगा अगर मैं ऑन लिया तो ये अगर रखूँगा तो ठीक है वरना इसका दिखा दूँगा कभी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका